वेलकम बैक माय चैनल चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं गईस तो आज की वीडियो आप लोग को एक सक्सेस यूट्यूबर किस तरीके से बन सकते हैं इससे रिलेटेड इस, इस वीडियो में जानकारी आप लोगों को मेहनत पैसन होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए अच्छा कंटेंट होना चाहिए और तो गईस आज की वीडियो आप लोग को एक प्रोफेशनल वीडियो किस तरीके से शूट किया जाता है इससे रिलेटेड भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आप लोग को यूट्यूब पर एक सक्सेस यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसको भी इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लें और बेल घंटे को भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर जा सके और आप वीडियो को क्लिक करके देख सके तो चलिए लेट स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग को वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा सा स्टूडियो होना चाहिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए वॉइस क्वालिटी के लिए माइक होना चाहिए ट्राई होना चाहिए एडिटिंग के लिए कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल से भी कर सकते हैं लैपटॉप से भी कर सकते हैं उसके बाद एक बेहतर चैनल बनाकर अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं लेकिन यूट्यूबर वीडियो बनाकर अपलोड करने से यूट्यूबर नहीं बन जाता है जब तक आप YouTube के जो सिस्टम है YouTube पर किस तरीके का वीडियो वायरल होता है किस तरीके का वीडियो में ऑडियंस देखते हैं किस तरीके का वीडियो चलता है कैसा वीडियो बनाना चाहिए किस तरीके का वीडियो नहीं बनाना चाहिए किस तरीके के वीडियो में व्यू आएगा सब्सक्राइबर आएगा ये सभी को ध्यान में रखकर ही वीडियो बनाना चाहिए जिससे जो भी व्यूवर है जो भी देखने वाले ऑडियंस है व्यूवर हैं ये आपके जो वीडियो को देखने के लिए पसंद करें इसी तरीके का वीडियो बनाए तभी जाकर आपका चैनल ग्रो होगा आप जो अभी के समय में ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है कौन चलने वाला उसी तरीके का टॉपिक पर ही वीडियो बनाए जिससे एक अच्छा सक्सेस यूट्यूबर बन सकते हैं साथ ही साथ आपका जो वीडियो में कुछ नया कुछ अट्रैक्टिव वीडियो होना चाहिए कुछ नया कुछ नया ऐसा ऐसा वीडियो बनाना चाहिए एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कुल मिला मेरा कहने का यह मतलब है कि आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो कुछ इस वीडियो में कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहें जिससे एक अच्छा सा वीडियो निकल कर आता है जो कि आपके YouTube के लिए बेहतर वीडियो होता है जिसको आप लोग YouTube वी, पर वीडियो अपलोड करते हैं उसके लिए आप लोगों को एक पहचान एक स्टाइलिश वीडियो बनाकर एडिटिंग स्टाइलिश होना चाहिए अट्रैक्टिव डिजाइनिंग करके एक प्रोफेशनल वीडियो बनता है यूट्यूब के लिए तभी एक सक्सेस यूट्यूबर बन सकते हैं और इस तरीके से आप अच्छे क्वालिटी में वीडियो शूट करें आशा करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब हेलो गाइस जितने भी यूट्यूबर हैं उन लोगों का मैंने चैनल को देखा वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन सब्सक्राइबर वास्ट टाइम व्यू नहीं आता है जिससे वे चैनल छोड़ देते हैं स्टॉप कर देते हैं वीडियो बनाना ऐसा नहीं करना चाहिए आपको वीडियो बनाने के लिए एक मेहनत और समय की आवश्यकता होता है YouTube पर वीडियो बनाना एक बनाने के समय नहीं लगता है लेकिन चैनल को ग्रो होने के लिए समय लगता है YouTube पर एक सक्सेस यूट्यूबर बनने के लिए आप लोगों को मेहनत सक्सेस होने के लिए आपको पेशन रखना जरूरी है और मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छे यूट्यूबर ग्रो लेवल पर यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं किस तरीके का वीडियो बनाकर आप लाखों में चलता है उसको ठीक से बैठाने के लिए किस तरीके का वीडियो डिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है जो सर्च ऑक्टोमाइज सिस्टम होता है यूट्यूब का जो सिस्टम और और वो नोडम होता है YouTube का जो सिस्टम होता है सर्च वाला सिस्टम इसमें आपका जो कीवर्ड बैठने के लिए अच्छे सर्च में आने के लिए किस तरीके से आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए लेट स्टार्ट वीडियो की स्टार्ट करते हैं और बने रहें वीडियो पर और वीडियो पसंद है करके सब्सक्राइब भी कर लें और बिल घंटों को भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर जा सके और आप वीडियो क्लिक करके देख सकें तो चलिए लेट स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट वीडियो बनाएं जो अभी के समय में ट्रेंडिंग में चल रहा है उसी तरीके का वीडियो अपलोड करें और वीडियो अपलोड होते समय आप लोग छोटी छोटी गलती कर देते हैं लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, टेक्स अच्छे से सर्च में आए इस तरीके का इसमें अक्टोमाइज करके लिखना चाहिए और YouTube पर किस तरीके का वीडियो ट्रेंड मीन ट्रेंडिंग में आता है उसी तरीके के टॉपिक पर वीडियो उठा डालें बनाए और अपलोड करें जिससे आप लोगों को लाखों में भी मिलेगा और आप जब भी थम डालते हैं उस पर वीडियो के बारे में कुछ जानकारी हो उसी तरीके का थमनेल बनाकर उस वीडियो में एड करें जो कि एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक आते हैं जिससे बना सकते हैं आप एक अट्रेक्टिव थमेल और आप मेहनत करें अच्छे वीडियो बनाएं जिससे आपको सक्सेस मिलेगा YouTube पर व्यू सब्सक्राइबर आएगा सबसे पहले तो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो भी बनाना चाहिए शॉर्ट वीडियो अभी के समय में YouTube पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है जिससे आपका वॉयस टेन तो काउंट नहीं होगा लेकिन आपको वॉइस टाइम नहीं मिलेगा लेकिन सब्सक्राइबर व्यू मिलेगा जिससे आपका चैनल एक बेस्ट ग्रो लेवल पर पहुंचेगा सक्सेस मुकाम पर पहुंचेगा जिससे एक सक्सेस यूट्यूबर बन सकते हैं और वीडियो बनाते समय आप लोगों को अच्छे कैमरा अच्छे लाइट और अच्छा स्टूडियो सेटअप करके ही वीडियो बनाएं प्रोफेशनल होना चाहिए वीडियो बनाते समय क्योंकि आप वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं रखेंगे तो आपका जो वीडियो ऑडियंस नहीं देखेगा जिससे आपका सब्सक्राइबर वाइज टाइम नहीं मिलेगा आपको व्यू नहीं मिलेगा इसलिए अच्छे क्वालिटी फोर के सेटअप के साथ लाइट के साथ आप वीडियो शूट करें अच्छे वीडियो बनाएं जिससे आने वाले समय में आपका YouTube एक बेस्ट प्रोफेशनल वीडियो शूट होकर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा और इसी तरीके की वीडियो बनाएं आशा करता हूं वीडियो में कुछ पसंद आया आएगा लाइक करके सब्सक्राइब करें हेलो गाइज वेलकम बैक माय चैनल तो आज की वीडियो आप लोग को यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का मेरा सेटअप है अब जब भी वीडियो आएगा तो इसी तरीके का सेटअप पर मेरा वीडियो बनकर आएगा और इसी तरीके से मैं टॉपिक यहीं पर इस तरीके से चेयर में बैठकर और इस तरीके का मेरा जो स्टूडियो इस है इसी में मैं आप लोगों को प्रोफेशनल वीडियो बनाकर आप लोगों को कुछ जानकारी कुछ नॉलेज नॉन नॉलेजिबल वीडियो आकर आप लोगों को देने वाला हूँ साथ ही साथ आप लोगों को अनबॉक्सिंग चैनल अन इस चैनल पर अनबॉक्सिंग वीडियो प्रोडक्ट अभी होगा ये मेरा इस तरीके का जो सेटअप है मैंने इस तरीके से सेटअप किया है किसी को अब जब भी वीडियो बनेगा इस तरीके से सेटअप के साथ इस तरीके से स्टूडियो के साथ आप लोगों को मैं इस चेयर पर बैठ कर इस तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों को देने वाला हूँ तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें अब अच्छे अच्छे आप लोगों को वीडियो आने वाला है जिससे मैं एक प्रोफेशनल आप लोगों को वीडियो शूट करके बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो फोटो यहाँ पर देख सकते इस तरीके का फोटो सॉफ्टनर है इसको आप लोगों को चलाकर भी इस्तेमाल करके किस इस तरीके से चलाया जाता है इससे रिलेटेड भी जानकारी दूंगा और किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल फोटो शूट कर सकते हैं इसको भी इस वीडियो में जानकारी देकर आप लोगों को बहुत सारे जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है इसको भी बताने वाला हूँ इस पीसी की सहायता से आप लोगों को बहुत सारे जानकारी दूंगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि, कि इस तरीके से चैनल को मोनेटाइज किया जाता है किस तरीके से चैनल को अपटोमाइज किया जाता है इस पीसी की सहायता से आप लोगों को बहुत सारे जानकारी नॉलेजेबल वीडियो बनाने वाला हूँ चैनल पर तो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इस तरीके से स्टूडियो के साथ आप लोग को वीडियो मिलने वाला बहुत ज्यादा आप लोगों को चलिए चलीजी वीडियो को करते हैं, वीडियो पसंद लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद